लायक कोई यार नहीं मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं बिजनेस करेंगे ऑफर क्लोजेस सो खड़ा था एक भरोसे का पहाड़ कहीं सुनी बातें मत लिखना खुद अपनी आंखों देखी लिखना उसमें एक वजन होता है सर, मेरा पैसा दे अब अबे बोला था शाम को तो ले गा? अभी तो सब को कोई रहे या नहीं ये ले अबे चाय तो पीना गिलास महंगा है सब कौन है रे तू मेर राजा कृष्ण पाबेरिया। तेरे गांव का है रे उसका नाम क्या था हाँ बेरिया है आप लोग कुछ ना कुछ निकल आये हो अ सिर्फ तेरी ही कमी थी है। बिल्डिंग टूट जाए ऐसा बिल्डअप देते हो ये देख लेके आया हूँ बड़े फलक का दस्तूर खुदा का हुक्म और एक मां की दुआ है के हाथों की लकीरों को भी रुक सक कर रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत छोड़ दो थो। छोड़ दे तेरे तेरे को लेकिन तूने मेरी रानी के बारे में बात की है। तो पहले ही मेरे को मारना था किसी और दिन काटा तो बिरयानी खिला पिला के पे काटा तो कुर्बानी इतिहास और पुरानी कहते हैं औरत क्रोधित हो तो हाथ नहीं उठाते श्रृंगार करके तिलक लगाकर पूजा करके आसपास के इलाके में पंद्रह लाख लोगों के लिए वो खुदा है